हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल वेब बॉस में तो दोस्तों रिएक्ट जेएस की ट्यूटोरियल सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम अपना फोर्थ वीडियो लेके आए हैं जिसमें आज हम देखेंगे रिएक्ट का पूरा सेटअप और इंस्टॉलेशन ठीक है तो चलिए दोस्तों बिना कोई टाइम को वेस्ट किए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये हमने कुछ स्टेप्स लिख रखे हैं इन स्टेप्स के हिसाब से आज हम अपना वर्क करेंगे और इसी तरीके से आज हम अपना सेटअप और इंस्टॉलेशन करेंगे ठीक है तो दोस्तों सबसे पहले नोड और एनपीएम ये दो चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी ठीक है अब दोस्तों नोड क्या होता है एनपीएम क्या होता है एनपीएम हम बता चुके हैं फिर भी अपने पिछले वीडियो में हमने एनपीएम के बारे में आपको पूरा बताया था अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको वहां से जाके आप पुरानी वीडियोज को इसके पहले की वीडियोज को देख सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले हमको नोट जे को इंस्टॉल करना है और एनपीएम जो होता है दोस्तों वो नोट पैकेट मैनेजर है तो वो नोट जे के साथ ही ऑटोमेटिक जो है आ जाता है तो चलिए हम अब नोट जे को इंस्टॉल करते हैं हम जाएंगे अपनी ब्राउज़र स्क्रीन पे और यहाँ पे हम लिखेंगे नोट जे एस नोट ठीक है लिख के जैसे हम इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं नोट जे की ऑफिसियल साइट है नॉर्ट ये जो है ओपन हो जाएगी ठीक अब देखिये दोस्तों यहाँ पे आपको जो है दो वर्जन दिखाई दे रहे हैं एक है एल और एक है करंट अभी दोस्तों LTS जो होता है इसका मतलब होता है लॉन्ग टर्म सपोर्ट ये आप कह सकते हैं लॉन्ग टाइम सपोर्ट ठीक है support, और ये जो करंट वर्जन होता है ये बीटा फॉर्मेट में होता है मतलब ये इस चालू है इस पर भी वर्क स्टार्ट है तो मैं और आपको ज्यादातर डेवलपर्स भी यही रिकमेंड करते हैं कि आपको एल यूज करना चाहिए ठीक है दोस्तों तो हम एल के साथ जाएंगे जो भी लेटेस्ट वर्जन है ठीक है फोर्टीन दोस्तों अगर आप वीडियो एक महीने बाद या दो महीने बाद देख रहे होंगे तो ये वर्जन अपग्रेड हो चुका होगा तो आपको जो है नहीं कि मैं आप देख सकते हैं ये हमारी फाइल आ गई इसको हम सेव फाइल कर देंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा नोट जो एस नोट जे एस जो है वो इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली अब हम इसको जो है इंस्टॉल करेंगे ठीक है अब इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारी नोट की फाइल आ गई है अब हम इस पर डबल क्लिक करके इसको सेटअप को इसका इंस्टॉल करेंगे ठीक है इससे क्या होगा कि हमारे सिस्टम में नोट का जो इन्वायरमेंट है वो इंस्टॉल हो जाएगा ठीक है देखिए अभी इंस्टॉल हो रहा है अब आपको यहाँ पे इजी स्टेप्स से आपको सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट ही करना है ठीक है एक्सेप्ट लाइसेंस एग्रीमेंट ठीक है अब इसको नेक्स्ट करना है और ये यह अब यहाँ पर आपसे डायरेक्टली पूछ रहा है आप जो चाहे वो डायरेक्टली रख सकते हैं अपने हिसाब से मैं यहाँ पर डायरेक्टली चेंज करूँगा मैं यहां पे ई e ड्राइव में रखूंगा इसको ठीक है ई डाइव में इसको हमने इंस्टॉल कर दिया है नेक्स्ट नेक्स्ट और इंस्टॉल फाइनली ठीक है अब दोस्तों आप देख सकते हैं इसका इंस्टॉलेशन जो है स्टार्ट हो चुका है यस कर देना है तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा इंस्टॉलेशन जो है नोट जी का वो कंप्लीट हो चुका है अब हम इस पर फिनिश पे क्लिक करके इसको फिनिश करेंगे ठीक है अब दोस्तों हम चलते हैं अपनी स्लाइड पे कि अब हम नेक्स्ट कौन सा टास्क है दोस्तों हम इस स्लाइड के हिसाब से चलेंगे ठीक है अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने जो है पहला टास्क अपना कंप्लीट कर लिया हमने नोट जे को इंस्टॉल कर लिया अब दोस्तों एनपीएम जो है वो नोट जे एस के साथ ही आ जाता है ठीक है क्योंकि ये नोट का ही पैकेट मैनेजर होता है ठीक है ये नोट के पैकेजेस को हैंडल करता है या आप कह सकते हैं उनके पैकेजेस को स्टोर करता है अब दोस्तों दूसरा टास्क है आज का हमारा इंस्टॉल कोड एडिटर तो दोस्तों हमने इसके पहले वाली वीडियो में आपको वीएस कोड एडिटर का इंस्टॉलेशन का पूरा सेटअप के साथ आप वीडियो हमने बना रखा है ठीक है अगर अभी तक आपने वीडियो देखा है तो ठीक है नहीं देखा है तो मैं आपको आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में टर्मिनल।, हमको को अब टर्मिनल से इंस्टॉल करना है, दोस्तों, टर्मिनल, क्या होता है? मैं आपको बता हूं, टर्मिनल जो है वो हमारा सीएमडी होता है ठीक है तो चलिए अब हम अपने सीएमडी को इंस्टॉल करेंगे सीएमडी को ओपन करेंगे ठीक है आपको सीएमडी टाइप करना है और आपको इंटर करना है आपका सीएमडी जो है ओपन हो जाएगा ठीक है अब दोस्तों हमारा नोट जेस जो है डाउनलोड हो चुका है अब अगर आपको देखना है कि हमारा नोट जैसा डाउनलोड हुआ या नहीं हुआ तो आप उसको कैसे देखेंगे जस्ट आपको सीएमडी में जाके नोट लिखना है एनओडी नोट स्पेस वी लिखना है और वी लिख के जैसे आप इंटर करेंगे तो आपको ये नोट का एक मिनट आपको नोट लिखना है फिर आपको हाईफन देके वी लिखना है ठीक है हाँ तो आप देख सकते हो दोस्तों हमारा नोट का वर्जन जो है इसने शो कर दिया फोर्टीन पॉइंट सिक्स आप यहाँ पे भी देख सकते हैं यही वर्जन है तो दोस्तों हमारा नोट जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है दोस्तों अगर आपको यहाँ पे नहीं दिखाता है वर्जन तो वो शायद आपको इंस्टॉलेशन में कोई इशू हो सकता है और दोस्तों कभी कभी ये होता है कि आप नोट हाईफन स्पेस देखे हाईफन बी टाइप करोगे तो थोड़ा थो टाइम लेगा वो उसके बाद दिखाएगा आपको ठीक तो आपको थोड़ा वेट करना है अब दोस्तों हम यहाँ पे एनपीएम चेक करेंगे एनपीएम को भी इसी तरीके से हम चेक करते हैं एनपीएम स्पेस हाईफन बी इससे क्या होता है ये वर्जन दिखा देता है देखिए ये थोड़ा टाइम ले रहा है तो इस तरीके से टाइम लेता है कभी कभी तो दोस्तों फाइनली इसने npm का भी हमको अपना वर्जन दिखा दिया है ठीक है तो ये हमारा npm का वर्जन है तो node और npm हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है अब दोस्तों बात आती है हमारे रिएक्ट के इंस्टॉलेशन की ठीक है तो रिएक्ट का इंस्टॉलेशन किस तरीके से हम करेंगे दोस्तों सबसे पहले आपको जाना है कोड एडिटर पर सॉरी आपने सी में जाना है और यहाँ पे आपको ये कमांड लिखनी है एनपीएम इंस्टॉल हाइफन जी का मतलब होता है ग्लोबली फिर होता है क्रिएट रिएक्ट ऐप आपको यही एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना है ठीक है या आप इसको टाइप कर सकते हैं तो इस तरीके से हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीएमडी में जाके अपनी डायरेक्टरी चेंज करेंगे सबसे पहले हम ई e डायरेक्टरी में जाएंगे मैं उम्मीद करता हूँ आपको सीएमडी के बारे में आइडिया होगा अगर आपको नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मैं आप सीएमडी की भी एक वीडियो बना दूंगा जिसमें हम पूरा सी आपको समझा देंगे ठीक तो दोस्तों देखिए हमने ई लिखा है और कॉलन दिया है तो हम ई डायरेक्ट्री में जो है आ चुके हैं ठीक है अब हम ई डायरेक्टरी में अपना पूरा काम करेंगे तो दोस्तों अब हम अपनी कमांड लिखेंगे नोट जेस को इंस्टॉल करने के लिए सॉरी एनपीएम क्रिएट रि रिएक्ट को इंस्टॉल करने के लिए ठीक है तो हमारी कमांड क्या है एनपीएम इंस्टॉल हाइफन जी क्रिएट रिएक्ट ऐप ठीक है आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनपीएम हाइफन जी सॉरी एनपीएम इंस्टॉल इंस्टॉल हाइफन जी इफन G का मतलब होता है ग्लोबल ठीक है दोस्तों क्रिएट आइफन क्रिएट आईफन, आईफन एफ ये हो गया दोस्तों अब हम इसको इंटर कर देंगे मतलब अब हम इसको कंटिन्यू कर देंगे दोस्तों प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि प्रोसेस जो होती है ना थोड़ी लंबी होती है इस वजह से प्रोसेस में टाइम हो सकता है आपकी प्रोसेस में टाइम लगेगा और प्रोसेस को स्टार्ट होने में भी, भी टाइम लगता है ये सिस्टम पे डिपेंड करता है आपका जिस आपका सिस्टम जितना पावरफुल होगा ये उतनी जल्दी उसका टास्क जो है ये कंप्लीट कर लेगा ठीक है तो अब हम वेट कर लेते हैं थोड़ा या तो मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ठीक है दोस्तों ताकि वीडियो ज़्यादा जो है ज़्यादा लंबी ना हो जाए तो दोस्तों हमारा जो है React app जो है क्रिएट हो चुका है ठीक है दोस्तों यहाँ पे ऐप जो लिखा हुआ है ऐप से मतलब ये नहीं होता है अभी कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि हम तो वेबसाइट पे काम कर रहे हैं एप्लीकेशन ये ऐप एप कहांस आएगा दोस्तों ऐप जो होता है ना वो एक ट्रेडिशनल वे है वेबसाइट को रिप्रेजेंट करने का ठीक है वेब ऐप फॉर एग्जांपल। तो इस तरीके से ये ऐप का मतलब आपको ऐप नहीं समझना एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन या एंड्रॉइड एप्लीकेशन नहीं समझना ये वेबसाइट ही है हमारी ठीक है हम इससे वेबसाइट ही बनाने वाले तो दोस्तों अभी क्या हुआ अभी हमने रिएक्ट के ऐप को जो है क्रिएट कर लिया है अब हम क्या करेंगे अब हमारा नेक्स्ट टास्क जो है वो है कि अब हम अपने ऐप को अब हम अपने जो ऐप क्रिएट किया है अब हम उसका वर्जन देखेंगे ठीक कि हमने कौन से वर्जन का ऐप क्रिएट किया है तो वर्जन का भी सेम एज अब करना है रिएक्ट रिएक्ट सॉरी क्रिएट हाइफन वी अब जैसे इंटर करेंगे तो ये हमको जो है अपना जो है बता देगा पूरा सिस्टम इसका ये कि किस तरीके से आपको इसको यूज करना है एग्जांपल बता देगा अब दोस्तों देखिए हमारा जो है React JS भी जो है इंस्टॉल हो चुका है अब दोस्तों क्या होता है अब हम जैसे रिएक्ट में अब हम अपना एप्लीकेशन बनाएंगे मींस हम अपनी वेबसाइट का एक फोल्डर बनाते हैं ना उस तरीके से हम यहाँ अपना ऐप बनाएंगे ठीक है अब इसमें क्या होगा जैसे हम अपना ऐप बनाएंगे तो एक फाइल ये जनरेट करके देगा जिसमें रिएक्ट की जो है बेसिक फाइल्स जो होती है बेसिक फोल्डर बेसिक फाइल्स और डिपेंडेंसीज जो है वो डाउनलोड हो जाएगी ठीक है दोस्तों तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों हम क्रिएट रिएक्ट ऐप लिखेंगे उसके बाद हमको हमारे फोल्डर का नाम देना है जिस नाम से हम प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं ये उसी नाम से प्रोजेक्ट जो है क्रिएट करके देगा हमको जो रिएक्ट का एक बेसिक स्केलेटन होता है जो बेसिक प्रोजेक्ट होता है वो हमको ये क्रिएट करके देगा ठीक है तो अब हम यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम लिखते हैं क्या लिखें है? हम नाम यहाँ पर ओनली वेब लिख देते हैं ठीक है वेब प्रोजेक्ट वेब लिख देते हैं और इंटर करते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसने जो है हमारे ऐप को क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है दोस्तों इस प्रोसेस में जो है टाइम काफ़ी लग सकता है जब आप स्टार्टिंग में इंस्टॉल करेंगे तो 10 से 15 मिनट लग सकती है और भी डिपेंड करता है ये सिस्टम की स्पीड पे सिस्टम की स्पीड जितनी अच्छी होगी उतनी जल्दी होगा लेकिन फिर भी मिनिमम टेन मिनट्स तो लगते ही हैं इसमें ठीक है दोस्तों तो हम वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे ताकि जो है वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और ज़्यादा हमारा टाइम भी ना जाए ठीक है तो दोस्तों फाइनली हमारा जो है इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है ठीक है अब दोस्तों इंस्टॉलेशन से क्या होता है यहां पे? चलिए अब हम आपको दिखाते हैं हमारी डायरेक्टरी देख लीजिए आप पहले हमारी डायरेक्टरी जो यहां पे हमने लिख रखी एक बार के थोड़ा जूम कर दू सी ड्राइव में यूजर फोल्डर के अंदर एक्स थ्री के इसने जो है हमारे क्रिएट किया हमारे प्रोजेक्ट को क्रिएट किया ठीक है अब हम जाएंगे अपने फाइल स्टोरेज में और अब हम जाएंगे ई e ड्राइव में ठीक है सॉरी कौन सी ड्राइव थी एक बार फिर से देख लेता हूं मैं सी ड्राइव ओके डन ठीक है सी ड्राइव में जाना है हमको ये हम गए सी ड्राइव में अब हम यहाँ जाएंगे यूजर में यूजर में हम एक्स में जाएंगे ठीक है अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा वेब नाम का जो फोल्डर है इसने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है अब दोस्तों ये देखिए जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं ये सारे फोल्डर्स जो है फोल्डर्स डायरेक्ट्री पैकेज डॉट जेसन ये सारी फाइल सॉरी नॉट नौ, मॉड्यूल नौ, पब्लिक एस ये सारी फाइल्स जो है ये ऑटोमेटिक क्रिएट की तरफ से पूरा बंडल आपको दिया जाता है आपको इस पर ही जो है काम करना होता है ठीक है अब देखिये दोस्तों अब हम इसको क्या करेंगे अब हम इसको अपने कोड एडिटर में ओपन करेंगे कोड एडिटर में कैसे ओपन करते हैं हमने आपको बताया था वीएस कोड में आप फाइल्स को कैसे ओपन करते हैं बट अगर आपको सीएमडी के थ्रू ही इसको ओपन करना हो तो आप सिंपली यहां पे कोड लिखेंगे और स्पेस देके डॉट करेंगे और इंटर करेंगे तो ये जो फाइल होगी ये ऑटोमेटिक वी कोड में जो है ओपन हो जाएगी तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा वीएस कोड जो है ये ओपन हो रहा है तो ये शॉर्ट फॉर्म है इसका आपको सिर्फ सीएमडी में कोड स्पेस करके डॉट लिखना है उसके बाद क्या होगा वो फाइल जो है आपकी वीएस कोड में जो है स्टार्ट हो जाएगी ठीक है ओपन हो जाएगी अब इसको हटा देते हैं वेलकम मैसेज को अच्छा यहां पे हमारी जो है डायरेक्टरी पूरी ओपन हो गई है दोस्तों तो हमको यहाँ क्या करना है हमको यहाँ पे x3 के अंदर जाना है पहले ठीक है तो किसी भी फाइल के आपको अंदर की फाइल्स को जाननी हो मतलब उसकी पेटा फाइल्स को जाननी हो तो आप डी लिखेंगे तो आपको सारी डायरेक्टरीज़ जो होंगी वो आ जाएगी अब हमको वेब नाम की डायरेक्टरी में जाना है ठीक है तो cd करके वेब करेंगे तो हम वेब में आ जाएंगे अब हमको इसमें लिखना है कोड स्पेस दे डॉट ठीक है जैसे अब हम इसको पहले हम इसको बंद कर देते हैं वी कोड को हमारे पूरा बंद कर देते हैं फिर इसे हम पहले से करेंगे ठीक है कोड लिख के स्पेस देके डॉट किया अब हम इंटर करेंगे तो अब जो है हमारा हमारा ही VS में जो है है है हमारा हमारा फोल्डर फोल्डर स्पेसिफिक ही कोड में ओपन होगा ठीक तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे जो वेब नाम का फोल्डर जो हमने क्रिएट किया वो जो है ओपन हो चुका है देखिए इस कितनी इसमें एक नोड मॉड्यूल्स है दोस्तों मॉड्यूल्स में क्या होता है ये जो सारे मॉड्यूल्स जो हम अभी हम अगला वीडियो जो हम शूट करेंगे उसमें हम आपको पूरा इंट्रोडक्शन दे देंगे ठीक है ये मैं आपको एक बार ऊपर ऊपर से सारा नॉलेज दे देता हूँ देखिए ये बेसिक स्केलेटन है आप इसको स्केलेटन भी बोल सकते हैं रिएक्ट का या बेसिक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं जो कि हमने जो है इंस्टॉल कर लिया है ठीक है दोस्तों फाइनली हमारा जो है रिएक्ट जेस का इंस्टॉलेशन जो है कम्प्लीट हो चुका है ठीक है दोस्तों तो दोस्तों अगली वीडियो से हम री एम के प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम से हम सारी प्रोग्रामिंग्स के कॉन्सेप्ट देखेंगे ठीक है दोस्तों तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वाचिंग